He knows that I'm breaking down.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 size i belong i'm alright it's so cold down लगता है कि अपन ही भगवान है हेलो गाइस वेलकम टू माय गेमिंग चैनल BS gamer में आप सभी का स्वागत है तो आज हम सिखाने वाले हैं डेजर्ट एगल हेडशॉट कैसे मारे ट्रैक हेडशॉट कैसे मारे तो चलिए फटाफट ट्रेनिंग ग्राउंड स्टार्ट करते हैं और चलते हैं ट्रेनिंग के अंदर और देखते हैं डेजटगल्स के साथ हैथ शॉट कैसे मारा जाए तो हम लोग डेजटगल ले चुके हैं और एम डब्ल्यू तो ले लेते हैं वो मेरे लिए ऐसे ही मैं बाद में ट्रेनिंग करूँगा तो आप लोगों को भी यदि ए ए का वीडियो चाहिए तो मुझे बोले अरे भाई ये क्या है भाई ये ट्रेनिंग ग्राउंड में है क्या भाई ये है क्या है यार भाई आप लोगों को भी ऐसा मिला है क्या कभी यार मिला है तो कमेंट भोग कमेंट में यार बोलिए यार ये क्या है भूत है यार भूत है ऐ भाई ये भूत? भाई भूत ओ भाई किधर गया किधर गया भाई चलो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर चलते हैं अंदर आ चुके हैं हम ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर ओ भाई ये हेड तो आप लोग मेरे फायर बटन को देखिए मेरा फायर बटन का साइज़ आप लोगों को बाद में बता दूँगा कस्टमर सब बता दूंगा फायर बटन को देखिए किस तरह से मैं ड्रैग कर रहा हूँ वो भी देखिए किस तरह से मैं रोटेशन ड्रैग कर रहा हूँ वो भी देखिए अभी स्लो मोशन में आपको दिखाते हैं चलिए तो ये मेरा फायर बटन मैं ये जाम किया ये एनिमी दौड़ते हुए आ रहा है मेरे पास और मैंने ये गन निकाला और ये सीधे आपका ड्रैक किया वो भी रोटेशन तो रोटेशन ड्रैग मैंने बहुत आसानी से किया है तो आप लोगों को भी अगर एनिमी इधर स्टील खड़ा है या जंप कर रहा है तो थोड़ा सा रुक के आप लोगों को ड्रैग करना है रुक जाइए वो उसको मारने दीजिए देखो मार रहे हैं और ड्रैग कर दीजिए सीधे हेडशॉट लगेगा भाई ड्रैग, ड्रैग ऐसे चीज़ ये मेरे पास हुक्म आ रहा है हुकुम हुकुम हुक्म ये एक ड्रेक हैड शॉर्ट मैंने थम को फायर बटन में लगाया रेडम हुआ और मैंने ड्रैग कर दिया तो आपको भी उसी तरह ड्रैग करना है सिर्फ ड्रैग करते ही आपका हैज लग जाएगा बड़ी आसानी से कोई टेंशन लेने का जरूर तो थोड़े स्लो मिशन में आपको दिखाते हैं चलिए तो मैंने ड्रैग का है कैसे मारा तो मैं आया थोड़ा स्लो का थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिएगा मेरा फायर बटन को देखिएगा ये हुकोंग आया मेरे पास हुकोंग बन के आ रहा है लड़की आया और मैंने क्या किया अपने फायर बटन को देखिएगा भाई जितने मेरे दोस्त लोग हैं मेरे फायर बटन को देखना बस ये लड़की बनी और मैंने इधर रेड एम हुआ और सीधे ड्रैग कर दिया तो उसको सीधे हेडसोर लग तो आप भी ट्रेनिंग ग्राउंड में जाओ ट्रेनिंग ग्राउंड में जा कर दो तीन घंटे डेली का प्रैक्टिस करो आपको हेडसोर मारना आ जाएगा बड़ी आसानी से आप भी मेरी तरह हेडसर मार सकते हो आई होप वीडियो आपको पूरी समझ में आ चुके हैं ड्रेक हैक्चर कैसे मारते हैं नहीं समझ में आया तो आप ट्रेनिंग ग्राउंड में जाएँ और दो तीन घंटा प्रैक्टिस करें आपको ड्रेक हैक्चर मारना आ जाएगा बड़ी आसानी से बस जी ईजी से अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो मेरे को कॉमेंट कीजिए मैं आपको बहुत आसानी से सिखा दूंगा थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो